बह सभी जुब है हम है हजारों में अब कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम्हे संगीत तो रो है।, है, है वो समा है तुम्हे हेलो दोस्तों वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग माय फर्स्ट ब्लॉग में आपसे का स्वागत है नमस्ते जोहार हर मेरे और एक न्यू वीडियो में तो हेलो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो मेरा बैकग्राउंड कैसे चेंज हो गया तो मुझे वहाँ का लोकेशन कुछ अच्छा नहीं लगा तो माय फर्स्ट ब्लॉग में आपसे का स्वागत है तो आपके से मेरा लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग नहीं है इससे पहले मेरा और भी वीडियो जो अभी तक वायरल नहीं हुआ है क्या पता ये वीडियो मेरा वायरल हो सकता है आप लोग कर सकते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को वायरिक कर दीजिए हम आ चुके हैं अपने खेती में देख सकते हैं माई फर्स्ट ब्लॉग में तो अपनी बात करूं चलिए आगे कुछ दिखाते हैं इसके बाद अपनी बात करते हैं तो हम अपनी बात करें तो हम झारखंड से बिलोंग करते हैं एक छोटा मोटा सा रामगढ़ गांव से ज़िले से हम बिलोंग करते हैं तो मेरा मकसद था यही माय फर्स्ट ब्लॉग बनाना इससे पहले मेरा और भी वीडियो है अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया और क्या पता ये वीडियो मेरा वायरल हो सकता है आप लोग तो वायरल कर सकते हैं तो बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ अगर वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा अगर इस वीडियो पर सपोर्ट कीजिएगा तभी हम नेक्स्ट ब्लॉग लाएंगे वरना नहीं लाएंगे बाय